कहानी की शुरुआत में हम एक कबीले को देखते हैं जो जंगल में शिकार कर रहा होता है दरअसल ये कबीले आज भी पुराने रीति रिवाजों अपने पुराने तौर तरीकों से चलते हैं इन्होंने जंगल में जगह जगह, जगह पे जाल बिछा रखे हैं, और तभी हम देखते हैं कि इनके जाल में एक सुअर फंस जाता है और सूअर की बुरी तरह से मौत हो जाती है इसके बाद ये कबीला सूअर की मौत का जश्न मनाते हुए उसे काटना शुरू करते हैं लेकिन तभी इनमें से एक इंसान जिसका नाम जेग्वार होता है उसे एहसास होता है कि उसके पीछे झाड़ियों में कुछ है वो झाड़ियों की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए तभी झाड़ियों में से चार आदिवासी निकलते हैं और इनके सामने चार बड़ी बड़ी मछलियों को रख देते हैं और कहते हैं कि हमें ऐसे गुजरना है दरअसल ये भी इनका एक रिवाज है की अगर कोई भी इनके रास्ते ऐसी गुजरेगा तो वो इनको कुछ तोहफा देगा और अगले पल झाड़ियों के पीछे ऐसी बहुत सारे आदिवासी निकलते हैं तभी जेगवार नोटिस करता है की इनमें से बहुत सारे आदिवासी घायल हो रखे है वो इनसे पूछता है की आखिर हुआ क्या तभी एक आदिवासी कहता है कि हमारा कबीला तबाह हो गया और अब हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं लेकिन जेगवर उनसे पूरी बात जानना चाहता है कि आखिर हुआ क्या कैसे वो लोग तबाह हो गए इसलिए उनके पीछे जाने लगता है लेकिन तभी इसका पिता जो इस कबीले का सरदार भी होता है वो जेगवाल को उनके पीछे जाने से मना कर देता है लेकिन जेगवर अंदर से परेशान है उसे लग रहा है की कहीं ना कहीं कुछ गलत हुआ है इसके बाद ये अपने कबीले में लोट आते हैं इनके कबीले का माहौल बहुत अच्छा था सब मिलजुल कर रहते हैं अब रात को जब जेगवार अपने परिवार के साथ सो रहा था तभी वो कुत्तों के भौंकने की आवाज से जग जाते हैं उसे एहसास होता है कि बाहर कुछ हलचल चल रही है और वैसे भी सुबह आदिवासियों को देखकर वो घबराया था अगले पल हम देखते हैं कि बाहर एक बहुत ही खूंखार आदिवासी होता है उसके सभी साथी पेड़ों के पीछे छुपे होते हैं जो उसके इशारे के साथ पेड़ो से बाहर आ जाते हैं जेगवार अपने परिवार को लेकर बाहर निकलते हैं लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी जो की एक हमलावर इनको देख लेता है वो चेगवार को मारने की कोशिश करता है लेकिन जेगवर भी कम नहीं था वो उसी को खत्म कर देता है और अपने परिवार को लेकर एक कुएं के पास जाता है वो अपने बेटे और अपनी पत्नी जो कि प्रेग्नेंट थी उनको वो एक रस्सी के सहारे कुएं में छोड़ देता है लेकिन जेगवार को ऐसा करते हुए एक और हमलावर देख लेता है जेगवार जल्दी जल्दी अपनी पत्नी और बच्चे को नीचे छोड़ता है और वो नीचे गिर भी जाते हैं इतने में वो हमलावर आकर जेगवार को मारने की कोशिश करता है लेकिन जेगवार इसे भी निपटा देता है जेगवार अपनी पत्नी से कहता है कि मुझे एक कबीले की मदद के लिए जाना होगा उसकी पत्नी उसे जाने से रोकती है लेकिन जेगवार उसे वादा करता है कि वो वापस जरूर आएगा तभी हम देखते हैं कि कबीले के सारे लोग सारे लोगों को बंदी बना लिया गया था और कईयो को तो मार भी दिया था यहां पर एक बहुत ही खतरनाक आदिवासी होता है जिसका नाम है मिड वो अपने चाकू से जेगवार पे हमला करता है लेकिन जेगवार उसी का चाकू पकड़कर उसी के सीने में घोपने वाला था कि तभी इन सबका सरदार आकर जेगवार को बंदी बना लेता है मिडला ही जेगवार को मारना चाहता है पर सरदार मना कर देता है हो गया है कि मुझे इसकी जरूरत है जेगवार के पिता भी बंदी होते हैं और वो अपने पिता से कहते हैं की मुझे माफ कर दो पिताजी और मिडलाई ये सुन लेता है और उसे पता चल जाता है की उसका पिता है इसलिए वो जेगवार के सामने उसके पिता को मार देता है और इसके बाद वो जेगवार के ऊपर जोरदार हमला करता है जिससे वो बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि उसके सारे साथी यहाँ पे बंदी बने हुए हैं। जेगवार कुएं की तरफ देखता है जहाँ पर उसकी प्रेग्नेंट पत्नी और उसका छोटा बेटा है और सरदार का बेटा उसे उस तरफ देखते हुए देख लेता है इसलिए वो भी कुएं के पास जाता है वो देखता है की कुए के अंदर रस्सी लगी है इसलिए उसे शक होता है वो कुएं के अंदर देखता है लेकिन उसे कुछ दिखता नहीं है क्यूँकी जेगवर की पत्नी उसका बेटा कुएं के अंदर एक पत्थर के नीचे छिप जाते हैं वो ऊपर से एक बड़ा सा पत्थर भी फेंकता है लेकिन उसे कोई भी हलचल नजर नहीं आती और इसके बाद जो रस्सी लगी होती है उसे काट देता है यानी अगर कोई कुएं के अंदर है भी है तो वो चाहकर भी बाहर ना आ पाए और अब ये हमलावर लोग इन सबको एक लंबे सफर के लिए ले जाते हैं रास्ते में इन्हें वो कबीले वाले भी मिलते हैं जो इन्हें सुबह मिले थे जिन्होंने इन्हें मछली दी थी जो यहाँ से किसी दूसरी जगह पे अपना कबीला बसाने जा रहे थे और अब तो इनको भी पकड़ लिया गया था और अब इन सबको एक लंबा सफर तय करना पड़ता है जो की बहुत कठिन था और इसके बाद ये उस जगह भी जाते हैं जहाँ पे आदिवासी बिलोंग करते हैं। है भी हम देखते हैं कि यहाँ पे काफी सारी डेड बॉडीज पड़ी थी जिन्हें देख के साफ साफ समझ में आ रहा था कि ये वो लोग हैं जिन्हें किसी तरह की कोई बीमारी हुई थी जो छूने से फैलती है शाह एक बच्ची भी होती है और वो उन आदिवासियों को बोलती है की बहुत ही जल्द पवित्र समय आने वाला है दिन में अंधेरा हो जाएगा और एक आदमी तुम्हे ऐसे बाहर ले जाएगा और तुम्हारा और तुम्हारी साम्राज्य का पूरा खात्मा हो जाएगा इसके बाद ये आगे चले जाते हैं और एक ऐसे गांव में पहुंचते हैं जहाँ पे बहुत सारे मजदूर थे जिनकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी लेकिन ये आदिवासी यहाँ भी नहीं रुकते और आगे चलते हैं आगे चलने पर इनके पास एक आदमी आता है और इन आदिवासियों के सरदार से कहता है कि कितने आदमी है सरदार कहता है की मेरा बेटा बताएगा लेकिन इस बार पैसे अच्छे चाहिए यानी कि लोग इनको पकड़ इसलिए यहाँ पे लाए हैं ताकि ये इन्हें बेच सके यहाँ पे इंसानों को बेचा जाता है और इनके साथ जो औरतें होती है उनकी बोली लगाई जाती है पर आदमियों को यहाँ से दूर ले जाया जाता है जहाँ पे बहुत भीड़ होती है दरअसल यहाँ पे इंसानों की बलि दी जाती है क्योंकि इनका ये मानना था कि इंसानों की बलि देने से भगवान खुश होते हैं और अब जगवार की बारी आती है उसकी बलि देने के लिए लेकिन जैसे ही वो जेगवार की बलि देने लगते हैं तो सूर्य ग्रहण हो जाता है और चारों तरफ अंधेरा हो जाता है जैसे की उस बच्चे ने कहा था सूर्य ग्रहण के बाद इन सबको दूसरी जगह पे ले जाया जाता है और सबको बोला जाता है की तुम भागो और अपने जंगल में चले जाओ लेकिन जैसे ही कबीले के लोग भागने लगते हैं, तो पीछे से ये लोग इन पे हमला करते हैं और काफी सरों को मार गिराते हैं और अब जेगवर और उसका साथी भागता है जेगवार को भी तीर लगता है जो की उसके शरीर के आर पार हो जाता है लेकिन वो अभी जिंदा था यहाँ पे जो आदिमानों के सरदार का बेटा होता है वो जेगवर को मारने के लिए आता है पर इससे पहले की उसे मारता वहाँ पे एक जख्मी आदमी होता है जो उसे पे गिरा देता है लेकिन सरदार का बेटा उसे वहीं पे मार गिराता है और इसके बाद वो खंजर निकाल कर जेगवार को मारने के लिए बढ़ता है लेकिन जेगवार के जो तीर लगा था उस तीर की नोक को वो तोड़ देता है और उसके गले के आर पार कर देता है और वो यहाँ से भाग जाता है यहाँ आदिमानो के सरदार का बेटा मर चुका था जिससे सरदार पूरी तरह से बौखला जाता है और हा वो किसी भी तरह जेगवार को खत्म करना चाहता है इसलिए वो अपने साथियों के साथ जेगवार का पीछा करना शुरू करता है ये सब सबके सब उस पेड़ के नीचे से गुजरते हैं जिसके ऊपर जेगवार छिपा था लेकिन ये उसे देख नहीं पाते कुछ दूर जाने पे सरदार अपने आदमी के कंधे पे खून लगा देखते हैं जो कि उसका नहीं था इसलिए वो समझ जाता है कि जेगवार कहीं ऊपर छिपा है इसलिए ये सब के सब वापिस जेगवार को पेड़ों पे तलाशने के लिए आ जाते हैं वही जिस पेड़ पे जेगवार छिपा हुआ था वहाँ पे एक जेगवार का बच्चा आ जाता है और तुरंत उसकी माँ भी आ जाती है और ये देख अपनी जान बचाने के लिए जेगवार उस तरफ भागता है जिस तरफ वो आदिमानव गए थे तभी एक आदिमानव मानव को देख लेता है और वो उसे पकड़ने के लिए भागता है लेकिन उसे पता नहीं था कि उसके पीछे मादा जेगवार पड़ी है इसलिए वो जेगवार उस आदिमानव को वहीं पे मार गिराती है अब जेगवार यहाँ से निकल तो जाता है लेकिन वो आदि अभी भी उसे ढूंढ रहे थे वही हम देखते है की जयगवार का रास्ता खत्म हो जाता है उसके आगे एक बहुत बड़ा झरना आ जाता है और यहाँ से कूदने का मतलब था मौत लेकिन उसके पीछे भी मौत होती है इसलिए चेगवार कूद जाता है उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो बच जाता है और अब जब वो ऊपर देखता है तो वहाँ पे सारे आदिमानव और उनका सरदार उसी को देख रहा था चेगवार इन सबको ललकारता है क्योंकि वो अपने जंगल में आ चुका था चेगवार कहता है कि अगर अपनी माँ का दूध पिया है तो आ जा लेकिन सरदार को उसका साथ जाने से मना करता है क्यूँकी उसको उस बच्ची की भविष्यवाणी याद आ जाती है उसने बोला था की सबका अंत होगा एक आदमी आएगा जो तुम्हे बाहर जंगल में ले जाएगा और इसके बाद तुम कभी भी वापस नहीं आऊगी लेकिन सरदार उस आदमी को चाकू मार देता है और कहता है कि बुझते लोग मेरी टीम में नहीं होने चाहिए और इसके बाद हम देखते हैं कि ये एक एक करके झरने में कूद पड़ते हैं इनमें से एक की मौत भी हो जाती है पर बाकी बचकर किनारे पे आ जाते हैं तभी हम देखते हैं कि जगवार भाग रहा होता है और वो एक दलदल में गिर जाता है पर लाख कोशिशों के बाद उस दलदल से निकल जाता है उसके पूरे शरीर पे कीचड़ लगा था और उसका दिमाग सुन्न हो जाता है वो कहता है की मैं जगवार हूँ और ये जंगल मेरा है कोई माई मुझे ऐसे भगा नहीं सकता और इसके बाद जब वो आदिवासी से मारने के लिए इसकी ओर आते हैं तो वो अलग अलग तरीकों से एक एक आदिवासी को मार डालता है सबसे पहले उनके ऊपर मधुमक्खियां छोड़ता है और इसके बाद मेंढक के जहर से एक आदमी को मार गिराता है और तभी उसके सामने वो आदमी आ जाता है जिसने उसके पिता को मारा था जिसका नाम था मिडलाई इन दोनों के बीच में हथियार पड़ा होता है ये दोनों उसे उठाने के लिए भागते हैं मिडलाई हथियार को उठा लेता है लेकिन उसका वार चूक जाता है पर से एक वार का नहीं चूकता उसे मार गिराता है और तभी यहाँ पे बारिश होने लगती है और जेगुआर को अपनी बीवी और बच्चे की याद आती है जो की कुएं के अंदर है कुएं में लगातार पानी भर रहा था और उसकी पत्नी को लेबर पेन शुरू हो गया था यानी कि उसकी कभी भी डिलीवरी हो सकती थी जेगवर जल्दी से कुएं की तरफ जाता है लेकिन उसके पीछे अभी भी तीन आदिवासी पड़े थे उन तीनों में से दो आदिवासी कुएं पे रुक जाते हैं क्योंकि वो देखना चाहते है की कुएं में क्या है और वो देख लेते हैं कि कुए में जेगवार की बीवी और बच्चा है वही जेगवार के पीछे आदिमानों का सरदार पड़ा है वो उसपे तीर मारता है जो की जेगवार के दिल के थोड़े ऊपर लगता है चेगवार उस तीर को निकालता है और उसे चैलेंज करता है सरदार अपना तीर कमान फेंक देता है और अपना चाकू निकालकर कर की तरफ भागना शुरू करता है और तभी उसका पेड़ किसी चीज से टकराता है दरअसल यहाँ पे एक फंदा होता है जो चेगवार के कबीले के लोग जानवरों को मारने के लिए यूज करते थे जिस तरह उन्होंने फिल्म की शुरुआत में एक सुअर को मारा था उसी प्रकार फिल्म के अंत में ये फिलेन इनके ट्रेप में फंस के मारा जाता है पर शेगवार को यहाँ भागना पड़ता है जो बचे हुए दो आदिवासी उसी की तरफ आ रहे थे वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुएं में लगातार पानी भर रहा था और उसी पानी में जेगवार की पत्नी अपने बच्चे को जन्म देती है जेगवार भागते भागते समंदर की तरफ रुक जाता है और बड़ी हैरानी से समंदर की तरफ देखने लगता है उसके पीछे जो दो आदिवासी बड़े थे वो भी उसे नहीं मारते और वो भी समुन्दर की तरफ देखने लगते है समुद्र में बड़े बड़े जहाज और कश्तियां दिखाई जाती है अब जेगवार को मौका मिल जाता है वो कुएं की तरफ भागता है और अपने पूरे परिवार को बचा लेता है अंत में हम देखते हैं कि जेगवार अपने परिवार के साथ जंगल में होता है उसकी पत्नी शिप्स को देख के कहती है कि क्या हमें वापस जाना चाहिए जेगवार कहता है नहीं हमें जंगल में जाना चाहिए दरअसल इन बड़े बड़े जहाजों में आए लोग यूरोपियंस थे जो इन टापुओं पे कब्जा करने आए थे इनके पास इतने आधुनिक हथियार होते हैं कि कबीले के लोग जिन्हें माया सभ्यता कहा जाता है वो भी इनका मुकाबला नहीं कर सकते दरअसल अमेरिका में पहले माया सभ्यता हुआ करती थी ये छोटे छोटे कबीले आपस में ही लड़ते रहते थे और उसके बाद यहाँ पे यूरोपियंस इवेंटर्स आए जिन्होंने इनको पूरी तरह से कब्जे में ले लिया और ये गाने उसी सब्जेक्ट पे आधारित है ये फिल्म अपने आप में एक मास्टर है वैसे आपको कैसे लगी ये कहानी कमेंट बॉक्स में मेरे को ज़रूर बताना और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके